अरे ना बाबू आजकल के युग जमाना ठीक ना है से हाँ शादी न्योता में जाए थे कौन कैसा लड़की नजर आद देता हो असुन घर से प्लास्टिक ले ले जो हमारो लगी दूगो रसगुल्ल ले ले